कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ हाँ। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकते